हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन की सेव की ये शानदार रेसिपी इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है प्लस ये मिनटों में बनकर रेडी हो जाती है इसे बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है तो आइए अब बिना कोई देर किए इस रेसिपी को बनाना इस्टार्ट करते हैं बेसन की नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ी सी प्लेट ली है साथ ही एक छलनी ली है उसके अंदर मैंने यहाँ पर डाला है ढाई सौ ग्राम बेसन एक चम्मच नमक एक चुटकी हल्दी आप चाहें तो हल्दी यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक तिहाई चम्मच काली मिर्च पाउडर दो पिंच हींग अब हम इन सबको अच्छे से छान लेंगे आप चाहें तो यहाँ पर आधा चम्मच या फिर एक तिहाई चम्मच बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाला है बिना बेकिंग पाउडर के बना रही हूँ आप नमकीन में हल्दी बिल्कुल स्किप कर सकते हैं और बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं ये आपकी चॉइस है अब मैंने यहाँ पर लिया है एक चम्मच अजवाइन इसको हम अच्छे से क्रश करते हुए बेसन के अंदर डाल देंगे अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे मोइन के लिए तेल ये छोटी तीन चम्मच के करीब तेल डाला है मैंने यहाँ पर मोयन के लिए अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ये देखिए इस तरह से हमें दोनों हाथ से प्रेस करते हुए हथेली के बीच मोयन को मिक्स करना है इसमें किसी तरह की कोई गुटली नहीं होनी चाहिए ये देखिए हम मुठ्ठी बांधकर देखेंगे ये अच्छे से बन रहा है इसका मतलब ये है कि हमारा मोयन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है अगर आपकी मुठ्ठी इस तरह से नहीं बन रही है तो आप यहाँ पर एक चम्मच तेलों और डाल सकते हैं अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और एक अच्छा सा डो रेडी करेंगे हमें इसमें पानी का यूज़ थोड़ा ज़्यादा ही करना है क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि काफ़ी लिक्विड हो गया है लेकिन ये लिक्विड नहीं है जैसे जैसे आप इसे गूंधते जाएंगे पाँच मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारा बेसन जो है वो काफ़ी हार्ड हो गया है ये देखिए मैंने डोर रेडी कर लिया है आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कितना सारा पानी डाला था और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है अभी आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही पानी डालना है उसके बाद ये परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मैंने एक चकली मशीन ली है जिसमें हम चकली बनाते हैं मेरे पास यहाँ दो तरह के नमकीन के सांचे हैं ये हम चेंज करके लगा सकते हैं चकली के मशीन में आपको जो शेप देना हो जो चीज़ बनानी हो मैंने यहाँ पर मोटी वाली नमकीन का साँचा लगाया है और इस तरह से इसे अच्छे से घुमा लेंगे फिक्स टाइट कर देंगे इसे और ऊपर वाला ढक्कन इस तरह से खोल लेंगे उसके बाद इसे अच्छे से टाइट करना है ये लूज़ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए अब हम चकली की मशीन को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा बेसन जो है वो चिपके ना ये देखिए मैंने मशीन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है अब मैंने हाथों को भी ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है अब बेसन को एक बार और इस तरह से स्मूथ कर लेंगे ये देखिए हमारा लो बिल्कुल परफेक्ट है ये हार्ड नहीं होना चाहिए स्मूथ ही होना चाहिए काफ़ी स्मूथ ये देखिए मैंने डो इस तरह से मशीन के अंदर डाल दिया है मशीन में इस तरह सा एक छोटा सा बटन होता है ऊपर इसको प्रेस करेंगे तो हमारी आ, मशीन अच्छे से लग जाएगी सेट हो जाएगी ये देखिए मैंने मशीन को भी अच्छे से लगा लिया है टाइट कस लेना है हमें इसे भी अब मैंने यहाँ पर बहुत सारा ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है बहुत सारे से मतलब हमें नमकीन को डीप फ्राई करना होता है इसलिए हमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है हमें तेल को तेज़ गर्म करना है और जिस टाइम पर आप नमकीन डालें उस टाइम पर आपको गैस का फ्लेम लो कर देना है ताकि आपको बनाने में कोई परेशानी ना हो उसके बाद आप गैस का फ्लेम मीडियम कर सकते हैं एक बार तो हमें तेज़ ऑइल ही गर्म करना है डालते वक्त आप इसे लो कर दें और तो इस तरह से आप गोल गोल घुमाते जाए और नमकीन बनाते जाए हमें मशीन को नहीं घुमाना है ये प्रेस करने वाली मशीन है हम जैसे जैसे से प्रेस करते जाएंगे हमारे नमकीन का जो डो है वो निकलता जाएगा और हमारी नमकीन बनती जाएगी घुमाने वाली मशीन भी आती है इसमें चकली वाली पर मेरे पास प्रेस करने वाली है अब हम इस तरह से नमकीन को टर्न कर देंगे जैसे हमारे जाग कम हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए उस टाइम पर हम नमकीन को निकाल लेंगे हमें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है नमकीन को वरना ये जल जाएगी कड़वेपन पर आ जाएगी ये देखिए हमारी नमकीन इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट है ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है आप देख सकते हैं हमारी नमकीन कितनी अच्छी बनी है अब हम इसे निकाल लेंगे अब मैंने सेकंड वाली नमकीन बनाने के लिए दूसरा सांचा लगा लिया है बारीक वाली नमकीन बनाने के लिए ये देखिए आप देख सकते हैं पहले वाले से काफ़ी बारीक नमकीन है ये हमें ऊपर से बस बहुत ही इजीली मशीन का हैंडल जो है वो प्रेस करते हुए जाना है हमारी नमकीन बहुत इजीली बन जाएगी इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है क्योंकि हमने नमकीन का जो डो है वो सॉफ्ट रखा था इसीलिए रखा था ताकि हमें नमकीन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो प्लस ये सॉफ़्ट बने अच्छी बने बाहर से कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट आप नमकीन को नाइफ़ की हेल्प से भी ऊपर से काट सकते हैं मशीन से अलग कर सकते हैं या फिर हाथ से भी इस तरह से तोड़ सकते हैं मेरी तरफ ये देखिए घर पर ही हमारी कितनी अच्छी नमकीन बनकर रेडी हो रही है प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये बहुत ही अच्छी लगती है ये देखिए ये नमकीन पहले से बारीक वाली है आपकी जो चॉइस आप जैसी नमकीन बनाना चाहते हैं सारी नमकीन वैसे ही बना सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों तरह की बनाकर बताई है ये देखिए मैंने सारी नमकीन बनाकर रेडी कर ली है आप देख सकते हैं हमारी नमकीन कितनी अच्छी बनी है बहुत ही शानदार काफ़ी कुरकुरी क्रिस्पी है वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय थैंक यू